अगर मोहब्बत के इरादे से आई हो तो लौट जाओ इसी में तुम्हारी भलाई है क्योंकि ये टूटे हुए दिल किसी के काम नहीं आते यही सच्चाई है